हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक एक्सप्लोर पे दोस्तों YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसमें आपको अब जीरो सब्सक्राइबर पर भी हैंडल का ऑप्शन मिलने वाला है दोस्तों ये हैंडल क्या है आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये किस किस चैनल पे लागू होगा चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे हम इस यूट्यूब के नए अपडेट यूट्यूब हैंडल के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब हैंडल कैसे वर्क करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं कि ये ये यूजर नेम हो गया जैसे कि आपका इंस्टाग्राम पे यह ऐसे यूजर नेम होता है जैसे मान लीजिए ऐट यूजर वन टू थ्री जैसे आपका चैनल का नाम हो गया जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक एक्सप्लोर तो मेरे चैनल का नाम ये हो गया ऐट टेक एक्सप्लोर डॉट डॉट आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं वो रख के आप अपना हैंडल को सेट कर सकते हैं जैसे कि आप सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने इंस्टाग्राम के लिए यूजर नेम बनाते हैं जैसे आप फेसबुक पेज के लिए अपने यूजर नेम बनाते हैं और ये अपने ट्विटर के लिए जैसे यूजर नेम बनाते हैं वैसे ही अब यूट्यूब पे भी आपको आपके चैनल के लिए एक पर्सनल यूजर नेम बनाना है और आप यूजर नेम के मदद से ही अपने चैनल को किसी भी तरह से खोज सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे चैनल का यूजर नेम है और ये है टेक एक्सप्लोर ऑफिशियल तो ये मतलब ये मेरे चैनल का पर्सनल यूजर नेम हो गया ये टेक एक्सप्लोर ऑफिशियल तो आप इसे भी सर्च करके हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं और सर्च हमारे चैनल को देख सकते हैं आपको ऐसे यूट्यूब पे लिखना है एज टेक एक्सप्लोर ऑफिशियल और हमारा चैनल आप आसानी से ढूंढ सकते हैं तो मतलब इसका जैसे कि आप आप देख सकते हैं कि YouTube पे एक एक, एक चैनल के कई कई क्लोन चैनल हैं तो उसी को रोकने के लिए हर एक चैनल पे अब ये फीचर लाया जा रहा है जैसे कि स्कैम से बचा जा सके एक चैनल का कोई कॉपी ना कर सके इसी के लिए इस फीचर को लाया गया है जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी चैनल है और उसके नाम से क्लोन बना के और कई कई चैनल को दिखाया जा रहा है तो अब ये फीचर बहुत सारे चैनल बंद होने वाले भी हैं जैसे कि आप अपना कोई पर्सनल यूजर नेम बना लिए और उसी यूजर नेम और उसी यूजर नेम को आप बता दीजिए और उसी यूजर नेम से आपके चैनल को लोग सर्च कर सकते हैं और आपके चैनल को देख सकते हैं तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो भी क्लोन चैनल है जो भी कॉपी चैनल है उन सबको बंद करना है तो ये जो फ़ीचर है ये जीरो सब्सक्राइबर पर भी आपको आपने जैसे न्यू चैनल क्रिएट किया और उस पर भी ये फ़ीचर मिलने वाला है और अपना आप उस पे परसनल यूजर यूजर ने बना के और उस चैनल को आप चला सकते हैं और ये हर एक चैनल पे ये फीचर मिलने वाला है यूट्यूब हैंडल का और ये मेरा जैसे कि मैंने मुझे कल के ये अपडेट में मिला है जैसे आप देख सकते हैं कि योर एडिशनल चैनल यूआरएल यूआरएल इज यूटूब डॉट कॉम स्लैस मेरे चैनल का पर्सनल यूजर नेम है और आप इस यूजर नेम के मदद से हमारे चैनल को ढूँढ सकते हैं और यही हमारा टेक एक्सप्लोर ऑफिशियल का YouTube हैंडल भी है और आप इसे हमारे चैनल को इसी यूजर नेम की मदद से आप ढूँढ सकते हैं YouTube पे आसानी से तो ये फीचर जो है ये काफ़ी बढ़िया फीचर है YouTube की तरफ से जो कि कॉपी या क्लोन के क्लोन चैनल को रोकने में काफ़ी मदद करने वाली है और ये फीचर बहुत ही बढ़िया है और ये फीचर हर एक न्यूज चैनल या किसी भी पुराने चैनल पर भी अपडेट बहुत जल्दी मिल रहा है और ये सबको ये अपडेट मिलने जा रहा है क्योंकि ये ये अपडेट कल ही हमारे मेल पे आ गया और हमने पहले से ही अपना जो यूजर नेम बना के रखा था उसे ही रहने दिया और ये मेरा पहले का ही टेक एक्सप्लोर ऑफिशियल जो है मेरे चैनल का यूजर नेम है और ये पहले फीचर था कि सब आपके सब्सक्राइबर होंगे तभी आपको ये यूजर नेम का फैसिलिटी मिलता था लेकिन ये अब हटा के आपको जीरो सब्सक्राइबर पर भी या किसी भी न्यू चैनल क्रिएट करने पर ही आपको ये फीचर मिलने वाला है जो कि काफ़ी बढ़िया है तो दोस्तों यही थे आज की वीडियो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बवाई